एंटनी और की दुख भरी प्रेम कहानी के बारे बहुत कम लोग हैं जो तब की एक मशहूर और बेश कीमती इनाम वाली अनसुलझी पहले के बारे में जानते हैं क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे का रहस्य अपनी शादी के दिन माक कैंटनी ने अपने बेशुमार प्यार का सबूत देते दे हुए क्लियोपैट्रा को तोहफे में दिए तीन रत्नों से सजे अंडे हर अंडा अपने आप में बेमिसाल सदियों तक इन अंडों को सिर्फ कहानी का हिस्सा माना गया अफवाह कहा गया लेकिन 1907 का वो दिन जब कायरू के बाहरी इलाके में एक किसान को तीन में से दो अंडे जमीन में दफ्त मिले कुछ लोगों का मानना है की वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला और कुछ लोगों के हिसाब ऐसी वो मिलते ही खो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया अब हमारे सामने सवाल ये है की क्लियोपैट्रा के उस खोए हुए अंडे का क्या हुआ वो इस वक्त कहा होगा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या 2000 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हम उन तीनों अंडों को कभी एक साथ देख पाएंगे क्लियोपैट्रा का पहला अंडा रोम के वर्ल्ड फेमस नेशनल म्यूजियम ऑफ कासलटें आम जनता के देखने के लिए रखा हुआ है दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया इस अड्डे की खोज अब तक जारी है लीड सही है ना? उसकी हर पता है। वो आज चांदा ठीक है फिर करते हैं। कोई तो है। नहीं सकता कुछ नहीं रही बता रही म्यूजियम अभी बंद करना होगा विस्टल्स को यहाँ से निकालिए और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कीजिए इंटरपोल के पास मुझे देने की अथॉरिटी है तुम कौन हो इन बॉडी गार्ड ये स्पेशल एजेंट जॉन हार्डवी एफ बी आई के के की स्टडी स्टडी करते करते हैं हैं क्राइम के स्पेशलिस्ट हुए या बॉडी बनाते है? दोनों करता हूं कोई प्रॉब्लम एक, पहले एजेंट हार्टली को एक जानकारी मिली है दुनिया का मोस्ट वर्ट थीफ यहाँ आने वाला है नाम है नोलन बूथ जिसका मकसद है यहाँ रखे क्रियो पैट्रा की अंडे की चोरी और ये जानकारी कहा मजाक लगा रखे ये कोई नहीं है आठ वर्ड में इस नाम की बस अफवाह फैला रखी है ताकि किसी पे तो चोरी का इल्जाम डाला जा सके क्योंकि तुम जैसे पुलिस वाले आते तो शान से हो पर कुछ सॉल्व नहीं कर पाते मेरी बात सुनिए अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो आज अंडा चोरी हो जाएगा क्या बता अब तक चोरी हो भी गया चोरी हो गया होगा चोर पुलिस का खेल बंद कीजिए इंस्पेक्टर अब मुझे आपके सीनियर से बात करनी ही पड़ेगी हाँ, दिखाओ मुझे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं क्लियोपेट्रा के पहले अंडे पर 18 कैरेट गोल्ड की परत जड़ी है तो अंडे से रूम की हीट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो रेड दिखेगा ना कि ब्लू हो सकता है थर्मल सेंसर में कोई एरर हो। ठीक है ये दूर कर लेते हैं सॉरी बेटा यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है ये म्यूजियम है रुको रुको ये क्या कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते रिलैक्स कुछ नहीं होगा वो जानता है वो क्या कर रहा है इतनी जल्दी होगा सोचा सोचा नहीं था मैंने था मैंने क्या सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दे रहा है बिल्कुल पैसा और दूसरा सवाल रेस से जुड़ा है माना गलत हरकत की है इस सच पर तेरी इस इंच की छाती में कोई पुलिस आईडी है? शातर चोर अब बैग मुझे दे दे मुह के अंदर होगी अब हाँ ठीक है है। मैं भी नहीं ये सच कहो तो आज मुहूर्ति खराब है तो बढ़िया जॉन हार्टली देना <गणीज़ा> तो नाम तो सुना होगा हाँ परंतु तो अपने थाने से थोड़ा दूर नहीं आ गया सही बोला इसलिए लोकल मामू साथ लाया हो <गणीज़ा> अपना ही <snaffle> बारादी कुछ ज्यादा नहीं लाए। लाने पड़े दूल्हा जो साथ ले जाना है लो कर लो कर बात। दुल्हन के रूप में इंस्पेक्टर क्या तो तुम्हें घाट घाट का पीना है अठारह मुल्को की पुलिस जो तुम्हारे पीछे है तो मेरे पास सुनवाई तक तुम्हे रखने की बहुत ऑप्शन है तुम्हें भागने की बीमारी जो है एक बार और भागे तो गोल्ड लेकर जो कच्चा था लेकिन अब तुम दुनिया की सबसे घटिया जाओगे। तुम्हारे अकाउंट में। सुन बे, मुझे जानता ही कहा की दो मोली हो तो गलत कह रहा है भूत में तुझे तब से स्टडी कर रहा हूँ जब तुमने डेट गैलरी ऐसी लेडी विदी पेंटिंग चुराई थी दो हजार चौदह में क्या सबूत है की मैंने चुराई थी ये ऑनलाइन खरीदी थी। तेरी हर हरकत पर नजर है और तेरे बारे में में मैं क्या-क्या जानता हूं। बता क्यों नहीं? बेटा। <laughs> तेरा स्विस पुलिस है, है। तेरी माँ अमेरिकन प्रोफेसर चोरी तो तूने छह सात साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी तुझे लगा तेरा टैलेंट कमाल है खुद को तीस मार खास समझने लगा सबसे अलग अकेले काम करना पसंद करता है टीम से नफरत है और चोरी तू तो वही करता है जिसमें तेरा नाम रोशन हो जाए और इससे पता चलता है कि तो अभी है। ऐसे बहुत से चोर है जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी करते है इसमें कुछ अनोखा नहीं है अनोखी बात यह है जिस तरह के रिस्क तू लेता चांसेस लेता है ऐसा लगता है तू पकड़ में आना चाहता है ताकि तू भाग सके और बार बार ये साबित कर सके कि बाकियों से तू कितना बेहतर है और कितना लायक है। लायक किसके? इस भाषण के? के के। तेरे बाप के प्यार कंग्रेचुलेशन पर मुझे ढूंढा कैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा चुराते वक्त तुझे रूम कमाल के चलो इसे एक बात तो बता बुध दुनिया के मोस्ट वांटेड वॉन्टेड आरती से बात कर कैसा लग रहा है तुझे दुनिया का मोस्ट वांटेड वॉन्टेड आरती मैं हूँ रुको रुको यहाँ वो जिस वैन में जा रहा है अंडा उस वैन में नहीं भेज सकते फील में मिलते हैं हाँ मिलते हैं चलो सब ठीक है Okay. इसीलिए तो आई थी ओके okay, तो क्या चल रहा है पता है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी अगर तुम किसी को सिर्फ बहत्तर घंटे पहले मिले हो तो उसके बारे में क्या जानोगी जिसके बारे में हमें सिर्फ एक रिटर्न गवर्नमेंट लेटर के जरिए पता चला तो मैंने कॉल किया बीएयू की असिस्टेंट डायरेक्टर को क्वानिको में अच्छी लेडी थी पर तुम्हें नहीं जानती ओके, okay, हो ही नहीं सकता अच्छा हाँ नहीं हो सकता अच्छा तो जॉन हार्डली के बैंक अकाउंट में अस्सी लाख डॉलर ट्रांसफर हुए एक भी ठीक उसी दिन जिस दिन अड्डा चोरी हुआ काफी कमाल का इतफाक है न एजेंट बात तुम पता नहीं तुम्हें क्या लगता है लेकिन जो भी लगता है वो नहीं किया है ये किसी और का काम है। है। है बिशप या ने खुद किया होगा। मुझे जा रहा हो सकता और नहीं भी पर सच का पता लगने तक मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगी वैसे बदला लेना मेरी फितरत तो नहीं है पर मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ा तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ ऐसी तुम्हारा निकलना नामुमकिन है तुम अरेस्ट किया जाता है एजेंट हार्डलीस मुझे देखो मेरी आंखों में देखो मैंने कुछ नहीं किया अब तुम पे भरोसा नहीं जो भी हो, जेल में सब करना पड़ता है। इसकी माँ है। इसकी का यही एक बात तो इंस्पेक्टर दास की माननी पड़ेगी। कॉमेडी अच्छी कर लेती है। हाथ तो ले सैनिटाइज नहीं ना। कोई नहीं। को को। कोरोना किया को। लोगों को पता चला कि तू तो पुलिस वाला है तो वैक्सीन भी काम नहीं आएगी मुझे यकीन है बिशप के बहुत दिनों से तेरे नजर होगी उसने मेरी खबर देकर भरोसा जीता ऐसे भरोसा जीतकर चुना लगाना ही एक्सपर्ट्स निशानी है। ये पहला है। से कैसे खेलना है है मुझे आता समझा तू? अब तो सीख जीत करना हटाया उसने एक ही चाल में उसने दो चिड़िया अंडा क्या? दो चिड़िया एक अंडा यही था उसका फंडा। ये तो एक, एक डॉलर तो तो क्या बकरा है उसका था मैंने तो नहीं सो किसी ने नहीं सुना पर बात को समझ ये दाम सिर्फ उस एक अंडे का नहीं है पता है, है। जो कोई भी उस इजिप्शियन बिलियन को तीनों अंडे देगा वो उसकी बेटी की शादी से पहले सारी मलाई उसी को मिलेगी तो उस बिल्योनेर की बिल्योनेर बेटी का नाम तो कर सकता है मत कर मैं बताता हूँ पर पैसा कमाना तो तो ये होगा कैसे किसी को नहीं पता कि वो तीसरा अंडा का है वो तो मेरा ही नहीं मानता हूँ शाहकाल ये एक बहुत बड़ी समस्या है पर पहले मैं दूसरा अंडा चुराता फिर तीसरे की सोचता ब्यूरोल की जानकारी के हिसाब से दूसरा अड्डा इंटरनेशनल आर्म डीलर के पास है। so, Dovache, उसकी कुंडली निकाल रखी है बचपन में उसके बाग ने उसका गला घोंटने की कोशिश की साले के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया <laughs> उसकी खोपड़ी ऐसी खिसकी कि लोगों का गला घोंटना अब तो उसका शौक बन गया है साले को मज़ा आता है। बहुत है, है। खतरनाक पर इसके बावजूद पार्टी करना पसंद करता है। अपने खास खरीदारों के लिए एक मास्क पार्टी करता है अपने वेलेंसिया के स्टार होटल से भी शानदार घर में बंदूक खरीदने वाले अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते तो आंखों पर नकाब लगाना सबकी पहचान छुपाता है लेकिन इन बंदूकबाजों को ये नहीं पता कि उसी घर में ऊपर कुबेर का खजाना है जहाँ चीज रखी है इतिहास का मास्टरपीस, का दूसरा अंडा जो रोज मेरे सपने में आके कहता है चुरा ले मुझे लेकिन मेरे नसीब में आ गया तुझ जैसा पुलिस वाला ये मत करना। क्या कोशिश भी मत करना कोशिश जाता हूँ कुछ नहीं कर तो कर रहा रहा कुछ ही नहीं मेरी अगर के को पता चल गया पता चला कि सुना नहीं है ये गंजा पुलिस वाला नहीं है ठीक है ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो ये आई है वहाँ का रिसर्चर है वैसे ये कानून के लिए ही काम करने वालों में से एक है पर पुलिस वाला नहीं है आपको सेम लगेगा पर सेम नहीं होता अभी समझाऊंगा तो बाउंसर जाएगा तो ये है हमारा बहुत अच्छा दो, स्पेशल यह हैलियां हो गई किसी ने मेरी बात नहीं सुनी टेंशन सारा कोई, कोई मुझे बोल रहना मेरी बेइज्जती मत करवाना कैसे है सर <hans> पुलिस वाले तुम तो मरेगा ओके okay, इसे पता है इसे पता चल गया तो पुलिस वाला हवा में बात फैल गई है <hans> देखो पहलवान मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ना तुम तो लड़ने लगाता हूँ तो प्लीज नो झगड़ा जाकर अपनी जगह बैठ और खाना ठूस <laughs> से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर बूथ। कभी सोचा नहीं था दुनिया सेकंड बेस्ट को पिछले एक साल में एक भी बार तुमने मुझे हराया नहीं खुला जो बाइक में उसके बारे में कोई नहीं जानता था यह तो वहां ने बना लू या फिर लो। है। या क्यों हो। क्या चाहिए उसके लिए हम वेरी <laughs> तो पहले मैंने बारी ऐसी अंडा चुराया उसके बाद अस्सी लाख डॉलर तुम्हारे अकाउंट में डिपोजिट किया और फिर चल गया तब तक जब तक शतरंज के बिछाए मेरे खेल में दास मेरी चाल न चली खेल कुछ हैकिंग इस्तेमाल किया और और कौन का क्रॉस हार्डली। तो <laughs> okay. चलो काम की बात करते है वैसे बताने में बहुत रिस्क है पर बता देती हूँ एक अंडा मेरे पास पहले से ही मौजूद है और 48 घंटों में मेरे पास दूसरा अंडा भी आ जाएगा पर कहीं आजाद पड़ा है वो तीसरा अंडा तुम जानती हुए क्या नहीं बताया क्या बताना है वो भी तो कोई बताया तुम्हारा पार्टनर अच्छे से जानता है तीसरा अंडा कहाँ है ये झूठ बोल रही है मुझे बिल्कुल नहीं पता तीसरा अंडा कहाँ है मम्मी की कसम मुझे तीसरा अंडा कहाँ है वो में। तो, में। तो, हाँ, ये कहाकल तो तो ऐसी बंदर लगता हूँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ठीक है कुछ वक्त जब जेल में बीतेगा तो हो सकता है जेल की मेहमान नवाजी ऐसी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए दूसरा मिलते ही फिर मुलाकात होगी तो हाँ लेकिन याद रखना, उस वक्त ये ऑफर का होगा। ने बाय। मुझे ज़्यादा मिस मत करने लगा। टा -टा। तो आगे ये ये ये ये ये ये ये। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो मैं खुद करके उसके साथ वो कर सकता हूँ जो तू नहीं कर सकता तो मुझे कुछ नहीं करना तो ये दो, एक नहीं है ना मैं उसे जेल में डाल दूंगा कैद के लिए और जब वो जेल जाएगी तो सोच दुनिया का नंबर वन आर्ट थी टीम वर्क। ये बोलना ही अजीब लगता है तुमने से पकड़ा है ना अरे यार तू तो कर रहा है आ, अरे पकड़ नहीं पकड़ना ही देखो टीम वर्क ठीक, ठीक, मुझसे तो ये बोला ही नहीं जाता अजीब है। रशिया जेल के बारे में बाकी तो कुछ पता मम्मी इसे कपड़े धोते मैं धो चुका हूँ की मास्क पार्टी कल रात को है अगर हमें बिशप से पहले दूसरे तो अंडे को लेना है तो किसी भी तरह हमें इस जेल ऐसी सुबह तक निकलना होगा मैंने अंडा चुराने का वो पार्टी में ले जाइए कम है हमें निकलना चाहिए प्लान तो पता वही तो सोच रहा हूँ सोचने के लिए सोना पड़ता है क्या कहते हैं कामयाब प्लान का जरूरी हिस्सा होता है अच्छी नींद मुझे लगता था कि प्लान ही प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है तुम जैसे लोग यही गलती करते हैं बाली में मेरे और मेरे डाट के बारे में तूने जो भी कहा वो तुझे कैसे पता चला तू अपने आप को बड़ा शातिर समझता है लेकिन ये तेरा भ्रम है एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि पुलिस ऑफिसर का बेटा छोरों की दुनिया में कैसे फंस गया? में बताऊं मेरा बाप एक का परफेक्ट पूरा सच जब मैं आठ साल का था मेरे डाट को लगा कि मैंने उनकी गाड़ी चुराई ना जाने क्यों वो गाड़ी इतनी प्यारी थी उन्होंने पूछा क्या वो मैंने चुराई मैंने कहा नहीं उन्होंने कहा उन्हें पता है मैंने चुराई है मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया न क्रिसमस पर न मेरे बर्थडे पर लगभग लग पूरा साल मुझसे बिना बात किए रहे मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं था फिर एक रात वो वो घर आते हैं और आके सीधे डिनर टेबल पर बैठते हैं और मैं क्या देखता हूँ वही घड़ी जो चोरी हो गई थी उनकी कलाई पर थी फिर वो घड़ी उन्होंने निकाल कर कहीं और उसके बाद मैंने आज स्कूल में दिन कैसा रहा और फिर वो पूछते रहे आज स्कूल में दिन कैसा रहा स्कूल में दिन कैसा रहा पर मैंने जवाब नहीं दिया बस उन्हें देखता रहा ना खाया ना पिया उसके एक हफ्ते बाद में बोर्डिंग स्कूल में था तू सो गया <laughs> मजा कर रहा हूं समझता हूं भाई बड़ी तो बड़ी कहानी है नहीं नहीं सब ठीक है जिंदगी ऐसे ही सबक सिखाती है जो तुम करते हो जरूरी नहीं जरूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं तेरा बाप कैसा था मैं उनकी बात नहीं करता <laughs> इतना खराब था कि अच्छी खबर है रात के शेयरिंग केयरिंग सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद उससे भी अच्छी खबर मैंने सिंपल स्टेप स्टेप प्रोसेस वाला प्लान बनाया है। है है? बढ़िया तो बता मुझे पहला क्या क्या ध्यान साबुन से। अच्छा बता क्या मिलेगा जब साबुन जो क्लिस्टीन से भरा है उसे मिलाएंगे क्लीनिंग सॉल्यूशन से जिसमें नाइट्रिक एसिड मिलेगा नाइट्रिक में पास हुआ। भाग। चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल। नहीं ये पुलिस वाला नहीं है घोपड़ी किसी का सूझा हुआ सामान यही मेरी प्रॉब्लम है मैं हमेशा बस जीतना चाहती हूँ ठीक <laughs> से बोलो मैं थेरेपिस्ट नहीं हूं। मैं इंटेलिजेंस एनालिस्ट थे कि मैं बहुत टेंशन में हूं बस तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगा तुम तो मेरी बात समझोगे क्योंकि मेरे काम में ऐसा होता कहां है कि कोई सिर्फ चुपचाप बैठकर मेरी बात सुने थैंक यू खैर छोड़ो आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व कर रही हूं मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना होगा ताकि मेरा ओरिजन पॉइंट ट्रेस ना हो सके okay. और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ये तुम्हारे सिस्टम से करूं तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ढीला है यार करते करते क्यों नहीं? नहीं तुम्हें पता है है है। 99% सिर्फ पर फोकस करते हैं। कोई ये सोचता ही नहीं है कि गड़बड़ी तो तो के अंदर भी हो तो तुमारा तुमारा हो सकती इसलिए तुम्हारा तुम्हारा लो, गया। आप जरा उन बगोड़ों की बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग कर देते हैं देखा? इसीलिए जाती हूं, मुझे लोगों को पीटना पड़ता है क्योंकि जब भी मैं किसी पर भरोसा करती हूँ वो अपने टेबल के नीचे का फुट अलार्म बजाता है और उसका अंजाम ये होता है मैं गुस्सा नहीं हूँ बस दिल टूट गया मेरा मुझे सच में लगा था तुम तो और जैसे नहीं हो वैसा तो, में अंदर तो उसका पैर गया था, समझ और तुम्हारे हर फैमिली में जानते हूँ यहाँ तक कि तुम्हारी छत्ती का कलर भी। <coughs> मैं मैं तेरे किसी काम आ नेक्स्ट टाइम भी Hartley, से। इसकी लगी पड़ी है और को तुझे कोई जूस वूस नहीं मिलेगा सही जा रहे हो। तुम्हारे लिए लिए बढ़िया जैकेट और मेरे लिए चमकीली लिए टी-शर्ट। तो कुछ बताओगे मुझे हाँ बिल्कुल कान खोल के सुन तो पार्टी में सभी गेस्ट और स्टार कलर्स मेन फ्लोर पर ऊपर तिजोरी तक जाने वाले रास्ते में गोगो के मुश्कंडे होंगे बंदूकों के साथ और रास्ता खुफिया रास्ता तो मेरा प्लान यह है कि तुम और मैं काले मैचिंग पजामा पहनकर कला खोटो के बेडरूम में जाएंगे फिर स्टडी रूम से होते हुए पहुंचेंगे अली बाबा की गुफा में ये तो अंडर माफ करना। वहां so बेचू तेरे पिछले प्लान हमारी कर दी इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वहां का सिक्योरिटी कैसा है? बता। जब ये दूसरे तक जाते हैं तो सिर्फ पैंतालीस सेकेंड के लिए जगह खाली रहती है सीसीटीवी कंट्रोल रूम वेस्ट हॉल के नीचे एक सिक्योर कमरे में मतलब घर का कोई हिस्सा उनसे बचा नहीं है वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं समझ ले Alexa जैसे है, पर के साथ। अब सुन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उस खुफिया रूम का डोर मिलिट्री ग्रेड बायोमेट्रिक जो है जो डेढ़ी सॉलिड टाइटेनियम से बना है जिसमे ना ट्रिल कर सकते हैं, ना वो धमाके से उड़ेगा जाने का एक ही रास्ता है फेशियल और वॉइस रिकॉगनेशन और उसे सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही आवाज खोल सकती है तो वो उसकी आवाज और उसका चेहरा हमें कैसे मिलेगा देखो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव तो और तेरी माँ को तेरा सेक्स डे भेज सकता हूँ घबरा मत मैं ऐसा करूंगा नहीं बस तुझे बता रहा हूँ कि मैं कर सकता था अगर मेरे पास टाइम और तेरी फोटोज होती लेकिन रुको और और एक डिजिट रैंडमली जनरेटेड है है जो हर मिनट में बदलता है और वो कोड सिर्फ वोचे की फोन पर रहता है और उसके फोन को भी उसी की तरह उंगली की आदत है ये तो कमाल हो गया बेटी शकुंतला तू सही हो गई अगर इस मिशन में ठीक से काम किया तो तुझे तीन लॉलीपॉप और एक बुगा दूंगा <laughs> चेक चेक और फोटो छा अंदर वाली या बाहर वाली अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है तेरे सामने खड़ा क्या करूं ना ही मुझे ट्रांसमीटर की आदत है और ना ही मिशन में पार्टनर लाने की पार्टनर नहीं है इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझ समझते तुम्हें तलाक चाहिए और जायदान भाई काम शुरू करते हैं मैं जाके थम प्रिंट लेता तू जाकर सोटो पोचे का फोन लिया जिस के साथ तुम काम करती कोई अकेले नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो प्लान क्या है? क्या मुझे यही रेस्ट करोगे। बिना बिना बैच और के के बाहर, ऐसी पार्टी में जहाँ सिर्फ न्याय यही प्लान था <laughs> में तुम मेरे साथ चल रही हो पार्टी <laughs> पार्टी ओवर मेरी में इस आदमी के साथ आपको डांस करते देख अच्छा नहीं लगा आपकी नजर में आने का और कोई तरीका था ही नहीं क्या मैं क्यों नहीं 5 5 उसकी को पहाड़ जीतने जब उसकी पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़की किसी और के साथ डांस करेगी उसकी जलेगी और उसे बीच में आके अपनी शान दिखानी पड़ेगी जेब टना कहाँ से एफ बी आई कोचिंग सेंटर में तू भी आ जाना मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए मुझे बाथरूम चाहिए ले इस तरफ आइए सर गंदी नाली का होगा तू तो। मेरे डैडी का सबसे पसंदीदा इसे इस मैं अपने दिल के करीब रखता जब से मैंने उन्हें इससे मारा है पहले मुझे मेरे काम नहीं करना वो कहते हैं Bien, te resolvido sobre limitado. Está bien. Para poco, no cuando me escanco देखता. Desde que en años se tiene. Regresen, te veo en la otra. También parece que estoy hoy muerto maneras, no sé, idiota. Lees tu muchas novelas de espías. Ve a hombre daddy ko. सिर्फ एक गोली काफी है आर्टी एंजॉय कीजिए चल फिका बेटी खाता है और फिर गुना चोरी करता है मुझे बसाया अच्छा अगर ये तो तो वाकई तो बिशप का प्लान है तो प्रूव करो की तुम बेकसूर हो चलो अपने पार्टनर को अरेस्ट करो पार्टनर नहीं है हम बस दोस्त दोस्त हैं अबे हाँ के तो किसी की नहीं है है अपना मुंह बंद करो करो मुनो या तुम तो तुम इसे अरेस्ट करो, वरना मैं तुम दोनों को बोलो क्या करना एजेंट होश में आ जा बाहर वाले की सुनेगा साथ बिताए बिताया भूल गया। प्यार है ना देखिए अपनी इतना टाइट, मामी। देखो फंडामेंटली मैं अच्छा इंसान लेकिन मजबूरी में बुरे काम करने पड़ते चल और से एक मिनट तूने महसूस नहीं किया क्या हुआ? क्या हुआ बकवास कर रहा है मुझे अच्छी फीलिंग आई की तलाश में हो या रास्ता भटक था, पर मैं भूल कैसे गई वो तुम्हारी औकात के बाहर है चलो मेरे पास तीन में से दो घंटे तो आ गए हैं। तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ मेरा ऑफर तो याद ही होगा ना मेरे पास भी एक ऑफर है ऐसा कर रहा है भाई गई तो बाल नोचने की खेल के अंत में तुम्हारे में तुम्हारे हाथों हो हो डर नहीं नहीं है क्योंकि इसके सर पे बाल जो तुम चाहो हाँ करना चाहते मुझे तो ये भी मुझे बस अना चाहिए तो या। या। या। या। पहले से घुटनों पर देखो अंडा नहीं चुराया। तो मतलब कोशिश हमने की पर चुराया इसने। ये सच कह रहा है। है ऐसा क्या? है क्या और को। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई जानती थी ये जरूर आएंगे ओबीस की माँ की डिंग मिस्टर वॉचे के पास पहले से ही दूसरा अंडा मौजूद था तो मैंने इन्हें अपना ऑफर दे दिया और अब हम ये चाहते हैं कि कि तो तुम हमें बताओ तीसरा अंडा है <laughs> <laughs> और कितने अंडे निकलेगी नागिन हा मुझे पता है गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है कोई बात नहीं मैं उसे टॉर्चर करती हूँ ताकि तुम अपना मुँह खोल दो ये किसकी बात कर रही है मेरे मुँह की बात छीन तुम लोगों का गहरा दोस्ताना आना है वर्णा एक साथ अल्लाह चुराने का बेवकूफी भरा रस कभी नहीं लेते। मैं ठीक कह रही हूँ नाजट हाथ ले हमारे बीच कोई दोस्ताना नहीं है ऐसे ठीक ऐसी जानता भी नहीं हमें बताना हम दोस्त भी नहीं है अब छुपाने का क्या फायदा कहा है आद्मी से प्यार करते है एक करते है ये झूठा अगर इसने तुझे तुझे गलत जगह तेरे बदन में बिजली दौड़ गई तो सब सच बताना ही पड़ेगा तो मिस्टर बूथ ओके तीसरा का देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना गहरा मिस्टर क्योंकि अब हम जाएंगे मेरी फेवरेट जगह बहुत हुआ मजाक डाले जिंदियों पुराने तरीके हमेशा काम आते हैं यूज में डाल और तुम्हें कैसे पता कि अंडा है? है, मेरी मां की जब थी, बोलने से पहले मैंने पढ़ना सिखा था। वो दरअसल एक मकबरा क्वीन का। जब दो अंडे खो गए, उन्होंने तीसरा वहां छुपा दिया था स्कैन अंडा यह बोल रहा है इतनी देर क्यों लगाई तो आप जश्न हो जाए <laughs> बिजनेस की हैप्पी एंडिंग के नाम मस्ती भरी लाइफ की शुरुआत के नाम मांगी। तो ये ये पता पता नहीं था ये होगा। बेल God! पता नहीं था होगा, बुद्धि। जाओगी वैसे मेरा मन तो बहुत है की थोड़ी देर और रुक कर देखू आगे क्या होता है पर मैं लेट हो रही हूँ अपनी मन से तक जाने के उस पार्टी में डांस में और मेरी माँ कर रहे थे या या। आदमी है मुझे भैया आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं आप आराम से से बैठ के नहीं तुम्हारी वजह मेरा प्यार कर चला गया मुझे। बेटा सुन चिकनी लगती और तुझसे तुझसे तो कोई गमला भी नहीं बनाएगा तुझे लगता है की बंदी मतलब ये डेढ़ फुट का और तेरे अरे नहीं नहीं नहीं बात तो कर कर ले दिया तो तो तो तो अभी तक क्या है इसका। ये हाथड़ी ये कैसे खोल दी गोली लगी थी चक्कर कहाँ लगी थी हथ गड़ी में मतलब हम हट के निकल सक हैं हम आजाद होने वाले ओके, okay, अकेले कहा जा रहा है हम नहीं। तेरी मेरे से मुझे अच्छी तरह बता है वो कहा जा रही है गुड बाय सब झूठ था सफेद झूठ क्या मतलब है तेरा मैंने अब तक जो भी कहा वो सब झूठ था तुझसे झूठ कहा बिशप से झूठ कहा और नन्हे अंडर टेकर से भी सबसे देख सच तो यह है कि तीसरा अंडा में है ही नहीं भाड़ में गया तू और तेरे अंडे मैं सिर्फ बिशप को गिरफ्तार करना चाहता हूं ताकि अपनी बेगुराई साबित कर सकू हां वही तो मैं कह रहा हूं तुझे बिशप नहीं मिलेगी जब तक तुझे अंडा नहीं मिलता और मुझे पता है अंडा कहा है अब मुझे यहां से निकाल ताकि मुझे अंडा मिले और तुझे बिशप कमान तो मुझे मारेगा तुम तो मार दे नहीं मार सकता है ना क्योंकि भले ही तुम तो मेरे साथ ये अंडे चुराने के लिए निकला लेकिन बाबू तू तो दिल का बहुत अच्छा तुम्हारा कभी नहीं वाह! दोनों के बाप एक से बढ़कर एक है देख, तेरा बाप पुलिस में था और तू बन गया ठग मेरा बाप चोरी करता था और मैं पुलिस में भर्ती हो गया हम ज्यादा अलग नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरे बारे में सोच बोत मैं इतना चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर दे उस बिशप को पकड़ने में ताकि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकू और मैं तेरी मदद करूंगा फिर से दुनिया का नंबर वन आर्ट बनने में मैं अपनी जिंदगी वापस पाना चाहता हूं भूत। प्लीज अप्रैल 1945 की बात है दरवाजे तक पहुंच गई और बर्लिन उनके कब्जे में आ ही गया था। था, का खेल खत्म। और तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम रुडोल्फ निकला अर्जेंटीना जाने के लिए जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है वो सिर्फ एक सूट के अब सोच, कोई को सो खोज में लगे वो ढूंढ रहे थे उस लोकेशन को जिसे वो मानते थे हिटलर का खूफ या पंकर जो साउथ अमेरिका में कहीं छुपा था और मेरे डैड उन में से एक थे कई उन्होंने अपने में में ही पुराने खंगाले, पुरानी देखी। छुट्टियों वो वो घर से से कहीं निकल जाते जहां होते वहां अतरंगी चीजें खरीदते और वही से उन्होंने वो गाड़ी ली वो कोई आम गाड़ी नहीं थी। वो थी हिटलर के उस अजीब आठ डीलर रूडोल्फ साइक की घड़ी वही घड़ी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते थे उनके उनके जीते जी मुझे उनके उस अजीब शौक से कोई मतलब नहीं था उनके उनके जाने के बाद भी मैंने कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन फिर मुझे उस घड़ी के अंदर कुछ दिखा जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं जान गया कि उस घड़ी में छुपा है तीसरे अंडे की लोकेशन का राज क्या मतलब? अगर ये सच भी है कि के के डीलर के पास तीसरा तीसरा अंडा अंडा आखिरी बार देखा गया गया था, था, था, और उसने खुफिया बंकर बंकर बनाया था जिसमें सारा खजाना रखा गया था। पर इसकी क्या गारंटी है के तीसरा उसी बंकर के अंदर है? कि उसी अंदर विश्वास है। विश्वास। एक बात बता, हम अपनी यहां मराने, तेरे विश्वास के भरोसे मना तू ने मैंने तो बस स्मार्ट प्लान के बारे में सुना है समझा स्मार्ट प्लान जो कभी फेल नहीं होता तेरा यह बेकार सा विश्वास सात भाई को पढ़ रहा हूँ कहा है जा भाई हम पहुंच गए यहाँ पे शाह को मिल गया किसको क्या मिल गया कहा है ये घड़ा जंगल है चल पता क्या कह रहे तेरा मैप हम बहुत आगे निकल गए यार। पर इसमें मेरी गलती नहीं ये गलती की है। ये ये इस की मैंने स्कूल में खरीदा था। उन लेवला मैं का हिस्सा था। में, दिखा मुझे ये हाँ, ये ये भी दिखा। तो, तो आ, ये देख मिल गई प्रॉब्लम। ये तो, प्रॉब्लम? तुम सात सबुत लेकर गया। वो भी अपने भर है यह हाइड्रो पावर है इसका मतलब यहां कहीं पे नीचे पानी है जरा यह दरवाजा देख इसके पीछे क्या हो सकता है पर इसे खोलना कैसे है रिपेयर करवा ले अपना ढक्कन पथकर चिंबक कह चुंबक बढ़िया लेते हमें हमें कुछ चुराने चुराने नहीं आए। आए आए चुराना है। है। हम अंडा अंडा थे। तो बकवास बंद बंद कर कर कर। और चुरा। मेरी चोरी चोरी और तेरी चोरी चोरी। तेरी के का कर जो करने हैं वो गुस्सा मत मंजिल कर करीब है। अब ये कहा मिलेगा पता नहीं है लेबल थोड़ी लगाया हुआ और कंडीशन अभी चमकदार देखना होगी हमें इसे जलाना पड़ेगा लेकिन वो इसे जोड़कर बनाई गई है यहाँ के शाफ्ट बड़े -बड़े होते है। और मीलों लंबे भी खुफिया बंकर बनाओ लूट का सामान लाओ शेफ्ट को सील करो और अकड़ पकड़ बो चालीस पचास दो सौ अस्सी नब्बे जियो ने हलेबल सारे बोलने पिरामिड्स के खंडरों की मैंने बस इंतज़ार किया ताकि तुम तुम दोनों से बचकर तीसरा है, जो अब तुम मुझे मुझे। देने वाले हो। तो आओ, दे दो ना मत सोचो ना मत, होगा मैंने तो सोचा ही तूने गोली क्यों मारे टीम वाले है ना मेरी टीम के मुझ पर मुझे पे गोली चलाई ना हम तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे उस गाड़ी से जाए मुझे नहीं लगता वो गाड़ी सीढ़ियों पे चढ़ पाए सीढ़ी से ले जाने की जरूरत नहीं है छोड़कर मुझे बचाने कूदा। तो तो तो तो अब घर जा कर उसे सुखाने के लिए चावल में रखना है। तुझे लगा मैं मर गया मुझे नहीं लगा तू मर गया मैं चाहता था की तू मर जाये मैंने देखा तू कैसे तुझे ढूंढने आया था तुझे बचा के और जानती हो न जाने कितने से तुम्हारे बात कहना चाहता था और वो बात है सपना पूरा मेरे पास दो अंडे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है, है, किस की हुई? मेरा जीतना जरूरी नहीं है। तुम्हें जब तक मेरे पास अंडा है तुम जीत नहीं सकते मुझे तो पैसों की भी नहीं पड़ी है ये जो तुमने मुँह बनाया है ये मुँह मुझे पसंद बस पस ऐसे ही रखना है और इसकी कीमत अंडे ऐसी बात एक बोनस भी है जो मेरा दोस्त देगा वो भी फ्री है तुम्हें मिलने वाला है जिंदगी भर के लिए जेल का खाना तो मैं जीत गया चलो उठो चलो उठो कहा था ना आखिर में क्या होगा चोर। से कैसे खेलना है मुझे आता है समझा तू? तू तो मुझे जानता नहीं है तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ बत्ती गुड़ बेजती फूल की चेहरा मतलब तू तो अब तक इसके लिए काम कर रहा था मेरे लिए नहीं साथ में हम पार्टनर हम दोनों ही बेशक उसने तीसरे के बारे में बताया सरप्राइज। yes. <laughs> में दो बिशप होते है ना और बहुत सारे प्यादे। <coughs> मैंने बाली में ही इसे पहला अंडा दे दिया था और दूसरा अंडा इसने सोटो से ले लिया और तीसरा अंडा वो हमें तभी मिलता जब तू हमें उसकी लोकेशन बताता और तू तो हमें सीधा यहाँ ही ले आया मुझे लगा तू मेरे नाटक को पहचान लेगा करंट मारा था वो भी इसकी खास जगह मुझे कितना दर्द हुआ करना पड़ा दान, दान, दान, दान, मत तो हाँग में हाँग की चाबी देने के लिए वो जरूरी ये कैसे खोल दी? चलो, जो भी हो, अब दे दो। अंडा, बंदूक पानी में भीग गई है, इससे की जान लोगे क्या देता हूँ ना तीसरा अड्डा चल आगे बढ़ो तो वो सब झूठ था। था, तेरे की कहानी भी। नहीं, मेरा थक था, लेकिन मायर नहीं मेरा अच्छा बहुत अच्छा है बाकी उसे बेहतर है ठगी मत छोड़ना तो हम रुकते और बातें करते हैं पर एक बहुत जरूरी शादी अटेंड करनी है और अब तो देने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गिफ्ट भी है आप पर कुछ सम्मत करना हमारा यही काम है ठीक है। दोस्त को बंदी मिल गई और क्या चाहिए कहानी में ऐसा आएगा मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हारे पास सनस्क्रीन हो तो दे जाओ मेरी त्वचा सेंसिटिव है जल जाएगी शादी एक बात जब मैंने अपनी लोदी बेटी की शादी करने का फैसला किया मैंने खर्चे की फिक्र ना करते हुए वो महंगा गिफ्ट खरीदा जो किसी के पास नहीं वो गिफ्ट जो एक नागि के लिए बना मेरी क्लियो पैजा के लिए तो तैयार हो जाए दो सालों में पहली बार, वो तीनों बेश कीमती अंडे एक साथ नजर आएंगे हाँ कितना क्यूट है ठीक for... ठाक है वहीं बैठे रहे कोई मिलेगा नहीं छोड़ो ये हम ले जाएंगे थैंक यू कानूनी तौर पर चुराई हुई चीजों को खरीदना क्राइम है आपको गिरफ्तार किया जाता है छोड़ो मुझे जानता नहीं क्या बहुत बड़े बड़े Hello. चीज नहीं है, वो टेस्ट नहीं, टेस्ट नहीं, तो तो तो नहीं है वो मीट। टेस्ट टेस्ट आ रहा, कोरोना का कराना जब मुझे वहाँ दास पकड़ने आई क्या हुआ, पड़ गये वो मुझे ऐसी घटिया जगह भेजना चाहती थी जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी खतरनाक है फिर मुझे याद आया मैं तो टैलेंटेड हूँ कहीं से भी भाग सकता हूँ और मैंने वही किया okay. तुम पूछोगे क्या जो हुआ उसके लिए मैं नाराज हूँ बिल्कुल भी नहीं प्यार और अंडो में सब जायज है मैं तो बधाई देने आया था ग्रेट शुक्रिया आपका चाहिए क्या तुझे मैं लोगों की गलतियाँ माफ करता हूँ हमेशा से और उनकी गलतियों को कभी भूलता नहीं तुम कहना क्या चाहते हो मेरी स्टोरी की अभी है तो तो तुमने बेचकर करोड़ अंदर किए और फिर को डबल डबल क्रॉस क्रॉस किया। तुम जैसा कोई नहीं कर सकता। तो मैंने हमारी दोस्त बन सकते हैं बकवास बनकर और काम की बात कर एक नया काम आया है, सा डबल, और, पता है। काम चोरों को करना और अब कहोगे अगर हमने नहीं तो इंस्पेक्टर के लिए सिग्नल तक पहुँच गयी होगी पता मुझे हंसी क्यों आ रही है, हाँ, तो रही है में करता, नहीं करनी चाहिए क्यूँकी तू ये सोच रहा है की हम तेरे साथ काम करेंगे तू भूदेगा या मैं फेंकूँ मैं तुम दोनों के लिए जेल में टिफिन लेकर आऊंगा एक मिनट रुको हाँ, देखो हम अपनी सारी कमाई खो चुके हैं मैं जानती ये बक बक करता करता है है है लेकिन बंदा काम और वो तुम्हें पसंद भी भी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो प्यार भी हो गया था मुझ पर भरोसा है बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे उससे भी बस यही तो तो तो चाहिए चलें काम पर तो क्या आदा मिस मिसमत करने लगता